हेलो दोस्तों तो कैसे है? आप लोग आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है रमी एरिस इस ऐप में दोस्तों बहुत ही बढ़िया सक्सेसफुल वीडटॉप दे रहा है दोस्तों तो उसका मैं प्रूफ देखा देता हूं आपको इस तरह से देखिए दोस्तों कभी सत्रह कभी दो कभी ग्यारह कभी एक इस तरह से मैंने वीड लगाए हैं दोस्तों इस ऐप में बहुत ही बढ़िया फंक्शन भी दिया हुआ है दोस्तों जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हो रजिस्टर करते हो इसमें आपको इंकावन रुपये का बोनस और प्लस सौ रुपये गैड करेगा तो प्लस सौ रुपये और मिलेगा दोस्तों अगर आप इंस्टॉल करके खेलना चाहते हैं दोस्तों तो नीचे डिस्क्रिप्सन पे मैंने लिंक दिया हुआ है आप जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं खेल सकते हैं तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद